निंग नमस्कार मैं दिलीप सिंह आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ मैं आज रसना बेस्ट कैफे आया हुआ हूँ इस कैफे को ऑपरेट करती हैं और ये आपको बताएंगी यहाँ पे क्या क्या मिलता है नमस्कार रूपाली थैंक यू दिलक दिलीप सर जी मैं बताना चाहती हूँ कि रसना बस जो कैफे हैडबेरी जंक्शन पे है थाने। तो थाने के के या मुंबई के सारी जनता को बताना चाहती हूँ की रस्ता बस कैफे फ्रेंचाइजी है यहाँ आपको अच्छे अच्छे मैकडोनॉल्ड की तरह बर्गर मिलेगा पास्ता एकदम टेस्टी मिलेगा प्लस मिल्क शेक्स एंड मॉकटेल में, में इंडिया का फर्स्ट मॉकटेल बार है यहाँ नियर अबाउट 54 टाइप्स के मॉकटेल्स आपको मिलेंगे और आ, नो डाउट एम्बियंस अच्छा है आप यहाँ के बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ के गेम्स खेल सकते हैं और अपना फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते है not uh, only this आप पार्टीज बना सकते हैं लाइक ऑफिस पार्टीज हैं किटी पार्टीज है बर्थडे पार्टीज है, है वो भी यहाँ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पीपल कैन सिट हीयर एंड मेक देर पार्टीज वी हीयर सो आई एन माइट ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड मेक यूर टाइम फन थैंक यू वेरी मैं आगे आपको दिखाता हूं, ये यूरो कैफे कितना है क्योंकि अच्छे टेस्ट के साथ साथ चीजों का भी बहुत और बहुत और ही जरूरी है आ, ये सारी चीजों को इन्होंने अच्छे से अरेंज किया है रूपाली मैम ये क्या है ये सोडा मछली एक तरफ से यहाँ से सोडा टावर बोलते हैं okay. सोडा आता है फ्रेश बॉक्स में पैक्स सोडा नहीं होता है फ्रेश सोडा बनता है और यहाँ ठंडा पानी आता है okay. इस इस और ये क्या है ये मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इस... देख रहा हूँ दे बांटा मशीन अपने बचपन में सुना होगा की इस तरह से बोतल होती है इसकी ये जो कंचा है ये यहाँ फस जाते जैसे इसके अंदर डालती हूँ घुमाती हूँ और भी टक करके उसको आप ओपन कर सकते हैं सोडा पीस ये कितना अमेजिंग मुझे लग रहा है ओके yes, ओके और मैंने ऐसा देखा है कि जो एक थम्सअप जैसा बना के देते हैं तो ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्लेवर को डाल करके शुरू करते हैं कंची, कंची, वाला कंची सी कंची ओके ग्रेट ग्रेट और ये भी आप व्यू देख सकते हैं बहुत क्लियर है और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आईमिनटूस से जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा जो भी पार्टी में एक तरीके से जरूरत होती है जो खाने पीने की सारी चीजें मिल जाएंगी सो थैंक जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखने बंद हो जाएगी